दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है आज मैं आपको बताऊंगा कि लैपटॉप या पीसी का कोई भी सॉफ्टवेयर आप कितना इजीली डाउनलोड कर सकते हैं वो भी बड़ा से बड़ा सॉफ्टवेयर और छोटा से छोटा सॉफ्टवेयर आप दो मिनट में आप इजीली कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं तो मैं चलिए आपको बताता हूँ पहले आप क्या करें आप अपना इंटरनेट कनेक्ट कर लें और उसके बाद कोई क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लें और उसमें सर्च करें गेट इनटू पीसी जो मैंने पहले ही सर्च कर रखा है दोस्तों इसमें सर्च करिए गेट इनटू पीसी पी ये देखिए फर्स्ट लिंक पर आप क्लिक कीजिए जो मैं पहले ही यूज कर चुका हूँ एक बार इस पे और क्लिक कीजिए और इसके बाद इसमें देखिए सारा आपका पीसी का सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं थ्री डी कैड है ग्राफिक है मल्टीमीडिया है एंटीवायरस है या तो जितने भी पीसी के सॉफ्टवेयर होते हैं आपको ईजिली मिल जाएगा जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर आपको चाहिए एक्स मान लीजिए ऑटो कैड चाहिए ऑटो कैड आप इसमें सर्च कीजिए ऑटो कैड ऑटो कैड कोई लेटेस्ट वर्जन आप गो पे जाइए देखिए इसमें आपका लेटेस्ट से लेटेस्ट वर्जन जो भी आपका सॉफ्टवेयर रहेगा दोस्तों वो आपका सबसे पहले आएगा इसमें और इसमें कोई भी चीज़ का कोई इशू नहीं है आपको हर सॉफ़्टवेयर के साथ इसमें आपको क्रैक वर्जन दिया जाता है जिससे आपको कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी आप इज़ली कोई भी सॉफ्टवेयर पीसी का ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं विद क्रैक वर्जन ईजली सो so धन्यवाद आप इसमें सपोर्ट कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर लीजिए एंड देन कीजिए एंड इसकॉल डाउन कीजिए और सबसे नीचे आपका ये आएगा डाउनलोड लिंक जिसमें आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं ऑल इंस्टॉलेशन के लिए कोई शू नहीं आएगा सो थैंक यू धन्यवाद दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट सब्सक्राइब करना